नमस्कार जय हिंद सोलह फरवरी को जीडी डी का पब्लिक स्कूल में आठवें क्लास के छात्र कृषि प्रकाश को स्कूल के शिक्षक द्वारा ब्रह्मी से पिटाई के कारण संदिग्ध मौत के विरुद्ध में आज एक पटना में विशाल कैंडल मार्च और सभा निकाला गया जो पटना का ठाकुरवारगिल का चौक तक निकाली गई बताया जाता है कि इस सभा में अग्रवाल नवरो के सदस्य के साथ साथ हजारों लोगों ने इस सभा में शामिल हुए इस सभा में देख सकते हैं किस तरीके से लोग शामिल है यहाँ पे उनके हाथ में एक डंडा भी है मासूम बच्चों के हथियारों को सजा मिले जी डी निदेशक की गिरफ़्तारी हो मासूम बच्चे के हथियारों को सज़ा मिली इस तरीके की बहुत सारी जो है वो एक पर्ची के साथ ही ये लोग जा रहे थे देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारे लोग मांग कर रहे हैं कि स्पिरिट ट्रायल के साथ इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्कूल के शिक्षक गिरफ्तारी के बाद उस पर सी बी होनी चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोग हाथ में बैनर लिए हुए हैं इसमें साफ मांग की जा रही है प्रशासन से मांग की जा रही है कि गुनागार शिक्षक को गिरफ्तार कर सी बी की जाए आखिर हमें भी लगता है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि बेहमी से पिटाई का मुद्दा लगातार गर्म होते जा रहा है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग सच जानना चाहते हैं आखिर सच इसमें निकलना चाहिए तभी लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है अब देख रहे हैं लोगों में आक्रोश साफ झलक रहा है स्कूल प्रशासन साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश दिख रहा है आखिर लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई क्या है लो अभी तक बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी सबका इंतजार है ताकि सच्चाई सामने आनी चाहिए हमें लगता है की इसमें बिहार सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और जल्द ऐसी जल्द इसमें कार्रवाई करनी चाहिए हमें लगता है की शिक्षक और प्रशासन की भी मिली है आखिर आठ दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शिक्षक की गिरफ्तारी क्यूँ नहीं हुई स्कूल में प्रशासन से पूछने पर बताया जाता है की शिक्षक अभी विशेष अवकाश पे है आखिर कब तक परिजनों को आप नहीं मिलेगा हमें लगता है कि इसकी जल्द जल्द से जल सीबीआई जांच कर आरोपी को दंडित की जाए हम भी बिहार एक्शन की ओर से कृष्ण प्रकाश को भावपुर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो कैमरामैन राजीव के साथ मैं प्रकाश अग्रवाल फ्रॉम बिहार एक्शन जय हिंद